ये तो हाँ

में तो लगा ली। <laughs> कोई के काम की ना रे तो तो, पी को। <laughs> तो, रहे <laughs> तो, तो तो अरे सब पी जा रहे हैं। ये रेत

गाड़ी oh

bye <laughs>

निकाल पा रहा है ओ क्या झुका गुला मारता <laughs> <आएगे>। <laughs> <प्राँगा>। <laughs>

या जमा गया